होलिया में उड़े रे गुलाल कहियो रे मंगे तरसे होलिया में उड़े रे गुलाल कहियों मांगे तरसे मेरे साथ आज बहुत सारे रंग हैं कोई हास्य का रंग कोई व्यंग का रंग कोई एकदम सफेद तो कोई एकदम काला गीतकार भी मेरे साथ हैं ऐसे ही रंगों से मैं आज आपकी मुलाकात करा रही हूँ मेरे साथ हैं व्यंगकार कार रमेश नंद जी रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ गीतकार पन्ना से शंकर दीक्षित जी भी हैं शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यश धुरंधर आप तो जानते ही हैं धुआं धार कविता पढ़ने वाले यश धुरंधर आज हमारे साथ हैं। यश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई से आए हैं हमारे पास मुकेश कबीर जी मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक ऐसी शख्सियत जिनको पहचान की या किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है है है है हमारे प्यारे दादा दादा के आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली है। होली के ही दिन महिला दिवस भी बड़ा हिसाब किताब बिगड़ सा गया यहाँ पर नहीं नहीं यदि महिला वर्ष है तो फिर हमारे लिए महिला से बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता हम तो आज पुरानी यादें ताजा कर देंगे क्या बात है दादा पुरानी यादें ताजा करने के मूड में है सबसे पहले मैं चलूंगी रमेश नंद जी के पास रमेश जी आज आपसे सुनना है हमको कि होली के रंग कितने प्रकार के होते हैं मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूँ होली भागे के होली के अवसर पर गोरी के गाल गुलाल हुए और रंग बिरंगी हो गई चोली क्या बात? गोरी के गाल गुलाल हुए और रंग रंगी हो गई चोली गुस्से में जान निकल सी गई और चिड़ाने लगी सखियों की टोली दबाए लियो आचल सखी एक दूजे से शर्मा के बोली जिसने भिगोई है रंग में तुझे हमें ऐसे लगे तू उसी की हो ली चलेगा थोड़ा सा और अगर सुना देंगे तो यहाँ दर्शकों का थोड़ा सा पेट भर जाएगा एक गजल पेश करता हूं सागर, सागर। मतलब मैं ना जाने किस घड़ी में क्या से क्या हो जाऊंगा मैं ना जाने किस घड़ी में क्या से क्या हो जाऊंगा कब लगूं अच्छा किसी को कब बुरा हो जाऊंगा मैं ना जाने किस घड़ी में क्या से क्या हो जाऊंगा क्या से क्या हो जाऊंगा कब लगूं अच्छा किसी को कब बड़ा हो जाऊंगा और घुटनों के बल चल रहा हूं मैं अभी इस वास्ते घुटनों के बल चल रहा हूं मैं अभी इस वास्ते मैं अभी इस वास्ते कल किसी दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और ये शेर भी सुनिएगा कि धूप से चेहरा अगर कुमला गया तो क्या हुआ धूप से चेहरा अगर कुंभ गया तो क्या हुआ कुंभ गया तो क्या हुआ आएगी बरसात तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा धूप से चेहरा अगर कुमला गया तो तो क्या हुआ? आएगी बरसात तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा और की हाँ। जिंदगी की नब्ज को पहले जरा पहचान लू जिंदगी की नब्ज को पहले जरा पहचान लूं, पहले जरा पहचान लूं, देखना फिर हर मर्ज़ की मैं दबा हो जाऊंगा और कह रहा हूँ भीड़ से मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ भीड़ से मैं अब यही तो बार बार आज हूं मैं साथ तेरे कल जुदा हो जाऊंगा और जिंदगी देती नहीं फुर्सत के दो लम्हे मुझे जिंदगी देती नहीं फुर्सत के दो लम्हे मुझे जिंदगी देती नहीं फुर्सत के दो लम्हे मुझे इस तरह जीने से तो अधमरा हो जाऊंगा इस तरह जीने से तो यारो अधमरा हो जाऊंगा और दर्द हूं भीतर का चेहरे पर मगर लिखा हुआ क्या क्या रमेश नंद जी बता रहे हैं क्या से क्या हो जाऊंगा पता नहीं शायद केजरीवाल की बात कर रहे हूँ हम मैं बिल्कुल मेरे साथ शंकर दीक्षित जी है पन्ना से आए हैं शंकर जी बेहद गंग के साथ सुनाते हैं गीतकार हैं तो मैं शंकर जी से कहूंगी कि वो अपनी एक रचना सुनाएं मित्रों कुछ होली के छंद प्रस्तुत कर रहा हूं इसमें से कुछ छंद मेरे धर्मयुग में 84 में प्रमुखता से छापे थे दादा धर्मवीर भारती ने देखिए होली का माहौल है और जैसा कि आदेश हुआ है की धुआंधार रंगारंग ढोलढमा के मृदंग भंग की तरंग होर दंगन की टोली है गोबर गणेशन पे गोबर उछाल रहे और लुगवा लु गयन लुग लुग की धार धार बोली है वा, वा, वा, वा, तो क्या बात? ह सो उठाए आज गले लिपिटाए मिले हाली फूली दिखे आज प्रीत भी अबोली है ली है शायद मौसम ने अरसों ही अंगड़ाई और होली के हुस में पलाश आँख खोली आ, है वा, वा, वा, वा, और इसके बाद एक और क्षण देखिए तुम आए भले फगुनाहट के दिन मूरख ला गए पंडित ज्ञानी होली जरी सबरी मर की बुद्धि नसानी, और केसर रंग अबीर कहा हारे उलीचा है कीच को पानी ज्ञान को छौक लगे ना भलो बस आज सुहाय कबीर की बानी ज्ञान को छौक और इसके बाद एक ये जो धर्म एक नायिका ने भंग पी ली है उस भंग पी हुई नायिका की मनस्थिति का जिक्रिस्म किया है देखिए अपनी सहेली से कहती है होली की दूसरी सुबह और उसकी भंग पी हुई नायिका की मनस्थिति कि धूम मची गली गली गैलन होरी कोहल्ला आ, फूटो आज फागुन को नशीलो भी निशारो है धूम मची गली गली गैलन होरी को हल्ला फूटो आज फागुन को नशीलो भी निसारो है भले लागे रंगे चंगे घोरिया के अंग तंग आ, और देखो गली गैलन हुरदंगन दवारो है वो काले काले लाल पीले पोत के हरीरे रंग अच्छे खासे खेत को बिजू कर डारो है काले काले लाल पीले पोत के हरीरे रंग अच्छे खासे खेत को बिजुका कर डारो है वारो भंग की तरंगन में सूझना परत है बिना कि मेरो वारो है भंग के मेरो घर वारो है और ब्रिज की होली से एक छंद देखिए आप महाकवि पदमाकर जी ने कृष्ण की तारीफ में राधिका की तारीफ में छंद लिखा था कि लला लली फिर आई यो खिलन हो रही मैंने उसकी पलट करके कृष्ण की तारीफ में छंद लिखा है उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ उनका कि कृष्ण के छिले ने छेक लई मिल राधे का गोरी कृष्ण के छैल छबीले सकान ने खे छेक चे, चे, लई मल राधे का गोरी ओ तुमली कृष्णा मन भाए करी बर जोरी कुमकुम केसर गाल मली कृष्णा मन भाए करी गरबर जोरी गाये बजाये बिजू को बनाए उचंग उठाए के नादों में बोरी ओ कान कानाए कहे मुस्काए लली फिर मुस्काए खेल फिर आईयो खेलन होरी और बुंदेलखंड का रहने वाला हूं पन्ना से हूं तो बुंदेली में एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करना चाहता हूं महिला जैसा कि आदेश हुआ है महिला दिवस भी है देखिए आप बुंदेली में गजल कि रोज रोज गरल पी रहे तुम्हारे लाने रोज रोज गरल पी रहे तुम्हारे लाने हम तो हंस हंस के जी रहे तुम्हे लाने भा, भा, हम भा, भा, भा, तो हंस हंस के जी, जी, जी भाई। रहे भा, तुम्हे लाने राम दो जीवन को धवल पिछोरा जो राम दो जीवन को धवल पिछोरा अरे धवल पिछोरा रोज फाड़ फाड़ सी रहे तुम्हारे लाने हम तो मर मर के जी रहे तुम्हारे लाने बार बार हम तो मरमर -मर के जीले। और कलेवा आप जानते हैं कलेवा ब्रेकफास्ट है। कि हम तुम तो काल के कलेवा भर जानो हम तुम तो काल के कलेवा भर जानो कल आहे ले चलो जाने हम तो मरमर -मर के जी रहे तुम्हारे लाने और कहते हैं आगे इसका पत्नी के संबंध में कहता है कि वैसे जंजालन में हम उर्स ही जंजालन में हम उर्जे उर्जे तुम ऊपर से फिर रही उड़े उसे तो मर मर के जी रहे तुम्हारे लाने तुम्हाँ रोज रोज गरल पी रहे तुम आए लाने हम तो मर मर के जी रहे अंत में तुम्हारे लाने बची खुची जिंदगानी शंकर सुधारो अब बची खुची जिंदगानी शंकर सुधारो अरे शंकर सुधारो ओते की की कागत होने राम जाने हम तो मर मर के जी रहे तुम्हें लाने रोज रोज गरल पी रहे तुम्हें लाने हम तो हंस हंस के जी रहे तुम्हारे लाने हम तो हंस हंस के जी रहे क्या बात है हम तो हंस हंस तुम्हारे लाने यश जी कंपटीशन बड़ा कर रहा हो गया है और आपको छा जाना है तो अब मैं देर किए बगैर यश जी से बोलूंगी कि जल्द से जल्द ऐसी धुआंधार सुना दे कि यश धुरंधर अपना यहां पर रंग जमा दे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है और कंपटीशन uh, टफ है तो यहीं से बात शुरू करते हैं चार पंक्तियाँ मैं सीमा पे खड़े सैनिक को देना चाहता हूं भैया मैं ओष का कवि हूं लेकिन मैं हास प्रयास भी करूंगा लेकिन मैं चार पंक्तियाँ यहां से शुरू कर रहा हूं कि दिल से दिल के तार जुड़े हैं जन्मों के संस्कार जुड़े हैं दिल से दिल के तार जुड़े हैं जन्मों जन्मो के संस्कार जुड़े हैं और चाहे हो कितनी भी दूरी फिर भी ये व्यवहार जुड़े हैं वा, वा, वा, इन्हीं व्यवहारों को समेटे हुए हम ये होली मना रहे हैं और चार पंक्तियां दीदी को देना चाहता हूं कि महंगे रंग महंगी पिचकारी महंगी हुई गुलाल मतलब त्योहारों में महंगाई भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है मिल रही है रंग भी बहुत महंगे हो गए महंगे रंग महंगी पिचकारी महंगी हुई गुलाल और गुजियों में भी भरा नहीं है पहले जैसा माल गुजियों में भी भरा नहीं है पहले जैसा माल और गोरी की भी नहीं रही अब नागिन जैसी चाल गोरी की भी नहीं रही अब नागिन जैसी चाल और महंगाई से पिचक गए चिकने चोपड़े गाल महंगाई से पिचक गए चिकने चोपड़े गाल और चार पंक्तियां जैसे मंच बड़ा सद, बहुत अच्छा समर्थ मंच बड़े बड़े कवि बैठे हैं मैं चार पंक्तियां बड़े कवियों को देना चाहता हूं कि हम धीर हैं हम वीर हैं हम बहुत गहन गंभीर हैं हम मीर हैं हम पीर हैं हम सांस्कृतिक प्राचीर हैं हम संस्कारवान हैं पर पीड़ा के वाहक हमी कुटिल कुकर्मी के विरुद्ध भक्ति हमारी सदा सदातनी चार पंक्तियां देश के देश के नाम करना चाहता हूं अमृत महोत्सव चल रहा है के हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो बल शील साहस पराक्रम सदा भरा हो, हर एक दूसरे के दिलों में सद्भावना सद्भाव हो और तुमको हमारी चाहो हमको तुम्हारी चाहो तुमको हमारी चाहो हमको तुम्हारी चाहो, चाहो, हमको तुम्हारी चाहो। और चार पंक्तियां ऐसे लोगों को देना चाहता हूं जो देश में रहते हैं और वंदे मातरम नहीं बोलते दीदी कि जब जब तुमने चाहा हमने जब जब तुमने चाहा हमने मुंह का कोर खिलाया खुद काटों पर सोए फूलों पर तुम्हें सुलाया, और कभी नहीं समझा अपने भाइयों से कम और रहना हो तो कहना होगा वंदे वंदे मातरम रहना हो तो रहना हो तो कहना होगा वंदे मातरम और एक कविता आप इस मंच पर रख रहा हूं क्या है कि जो हमारे कई कलर होते हैं हरा गुलाबी नीला पीला मतलब सात रंगी कलर हैं उसमें एक कलर होता है काला उस काले होली पे नया प्रयोग उस काले रंग से मैं होली खेलना चाहता हूँ और इस समय जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूं कि बना डाला है जिनने देश को राम भरोसे धर्मशाला बना डाला है जिन्हने देश को राम भरोसे धर्मशाला ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहो पर मुकाला ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहो पर मुकाला काला और चिथड़े चिथड़े चिंदी चिंदी ये राजा इन्हें देखो चिथड़े चिथड़े चिंदी चिंदी ये राजा इन्हें देखो हर पैदल के चरण चूमते खेलिए हैं इनका खोखो खो मर्यादित सागर तक मर्यादित सागर तक इनको दिखता है गंदा नाला ऐसे कर्णधारों का कर दो ऐसे कर्णधारों का कर दो चोरा ओ पर मुखाला और जिन्होंने जन्म दिया था इनको व्यंग का मजा लेना आप जिन्होंने जन्म लिया दिया था इनको उनको इनने दफनाया फिर उनकी छाती पर चढ़कर जश्न गीत जमकर गाया धक्के देकर अरे धक्के देकर पूज पिता को घर से वंचित कर डाला ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहू पर मुकाला और ऐसे कर्णधारों का मतलब एक व्यंग और देखा के जिनने जन्म दिया था उनको उनको इन्हने दफनाया फिर उनकी छाती पर चढ़कर जश्न गीत जमकर गाया धक्के देकर पूज अन्ना को घर से वंचित कर डाला ऐसे कण धारों का वाँ, कर दो पर मुकाला और अपन ने गठबंधन की सरकार देखी है एक गठबंधन सरकार में भी एक व्यंग करता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से कि किससे बहुत सुने रावण के देखा नहीं कि था कैसा किससे बहुत सुने रावण के देखा नहीं कि था कैसा चौबे सिर अड़तालीस सिंह का आज देख लिया भेसा <laughs> चौबे सिर अड़तालीस सिंह का आज देख लिया भेसा और किस खूटे से बांधोगे अरे किस खूटे से बांधोगे जब हर खूटा ढीला ढाला ऐसे <laughs> कर्णधारों का कर दो चोरा ऊपर मुकाला और बहता पानी कहीं बात लगे आपको कि यश धुरंधर ने बात की है युवाओं के लिए बात की है <laughs> तो आशीर्वाद दी गहता पानी पीठ मगर की बंदर की सीना तानी बहता पानी पीठ मगर की बंदर की सीना तानी और कहा खाओगे कहा डुबाओगे कलेजा है हिंदुस्तानी वाँ। वाँ। और आज पड़ा है चोरों का खूखाट डाकुओं तो से पाला ऐसे कंधारों बार, का कर दो चोराहो पर मुंह काला ऐसे कंधारों का कर दो चोरों का मुंह काला ऐसे कंधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला और एक आरक्षण पर देना चाहता हूं कि जातिवाद के भूखे भेड़िए जब तक जंगल में बने रहेंगे जातिवाद के भूखे भेड़िए जब तक जंगल में बने रहेंगे सुविधा वाले सिफारशी टुकड़े जब तक उनको मिलते रहेंगे और पिलाते रहेंगे जब तक वे प्रतिभाओं को विश्व का प्याला ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुकाला ऐसे कर्णधारों का कर दो चोरा हो पर मुकाला और अंतिम बन दे आपको कि राजनीति से रुधिष्ठिर वाली भूमिका जब तक नहीं हटेगी राजनीति से रुदिष्ठिर वाली भूमिका जब तक नहीं हटेगी शिशुपाल की पहली गाली पर जब तक गर्दन नहीं कटेगी और लोकतंत्र को तब तक ये समझेंगे अपनी रंगशाला ऐसे कंधारों का कर दो चोराहो पर मुंह काला ऐसे कंधारों का कर दो चोराहो पर मुंह काला जय हिंद जय जै भारत बिल्कुल बिल्कुल देशभक्ति का रंग भी यहाँ चढ़ चुका है पन्ना का हीरा आप सुन चुके हैं क्या चमक रहा था यश धुरंधर ने देशभक्ति का रंग सबके सीने में जगा दिया अब हम मुंबई चलेंगे मुंबई पहुंचकर एक गाना बहुत याद आता है फिल्मी गाना अमिताभ बच्चन का रे आपको भी याद होगा रंग बर से भीगे वाली से अरे से भीगे चुनर वाली रंग पर से मुंबई भी हमारे साथ है मैंने आपको बता दिया था मुकेश कबीर जी के पास चलेंगे तो मुंबई का रंग अब जमेगा मुकेश जी थैंक यू सो मच सभी के होली की हार्दिक शुभकामनाएं भार, भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा तो भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा तो आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना हमने तो सौंप दी हमने तो सौंप दी ये जिंदगी बतन को हमने तो सौंप दी ये जिंदगी बतन को आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना बोल रहा पोर पोर भारत माता कशोर बोल रहा भारत माता कशोर तो दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना uh, मैं भी खुल जाऊंग और तुम भी खुल जाओ जरा इसलिए जोर से तालियां बजा देना तालियां बजा देना मैं अपना सीधा सीधा प्रतिनिधि गीत से जोड़ता हूँ मेरा प्रतिनिधि गीत हिंदुस्तान जिंदाबाद मैं ये बड़ा गीत है पर मैं उसमें से एक दो बंद सुनाकर आज होली मनाऊंगा आपका आशीर्वाद भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे वो चाहे जितने कष्ट मिले चाहे जितने कष्ट मिले हर जन्म यहीं पर चाहेंगे चाहे जितने कष्ट मिले हर जन्म यहीं पर चाहेंगे ओ खुद मिटकर भी करते रहेंगे ओ खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद ओ खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद और जैसा कि आज होली तो मैं होली के बंदे से शुरू करता दू भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है इस दिन देश में खट्टी मीठी बोली बोली जाती है इस दिन देश में खट्टी मीठी बोली बोली जाती है और रंग में भरकर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है रंग में भर कर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है और तब पानी की वो फागुन में आग लगाती है तब, लगा तब, तब, पानी, तब, तब पानी की वो फागुन में आग लगाती है और ये खास तौर से आप लोग का बचाऊंगा इन दो लाइन पर और इस दिन ब्रज की बाला होली इस दिन ब्रज की बाला होली वो लट्ठ से खेल में जाती है इस दिन ब्रज की बाला होली लट्ठ से खेलने जाती है और तभी तो दुनिया ब्रज मंडल की होली देखने आती है तभी तो तभी तो दु ब्रजमंडल की होली देखने वो क्या खासियत है ब्रजमंडल की तभी तो दुनिया ब्रजमंडल की होली देखने आती है वो सालियों से पिटता है सालियों से पिटता है बरसाने का दामाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान और एक और मैं खासतौर से बंदुस्त सुनाना चाहता हूँ चूंकि होली के भंगे के रंग में हम सब लोग तो एक भारत ने दुनिया को तो एक बड़ी तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज दुनिया को रिश्तेदारी भारत ने सिखाई है रिश्तेदारी भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है वो भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है भारत भा, भा, भा, भा, भा, भा, के भारत भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है वो भारत में ही होली पर भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है भारत में ही होली पर भारत में ही होली पर भाभी वा हिम्मत वाली होती है और भारत में ही और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है भा, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है और फूफाजी एक और बडम्बना देखिए और फूफा जी आते हैं और फूफा जी तो आते हैं बस और शादी के दिन याद mm, yeah, हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान थैंक यू सो मच वाँ। वाँ। एक सुना देते। म, मतलब मुंबई ने चूना भी लगा दिया मुंबई <laughs> एक चूने का रंग बचा था वो भी चढ़ा दिया लेकिन अभी मन नहीं भरा है तो होली के कुछ रंग और चढ़ जाएं बिल्कुल मैं होली का गीत सुना दादा का आशीर्वाद चाहिए आगा। वाँ। आगा। वाँ। हम तब मुंबई में रहते हैं वो एक अलग बात है लेकिन बेसिकली तो हम लोग सब गाँव के लोग है शहरों में पहुंच के वो अलग बात फाग हमारे देश का बड़ा गाई जाती रही और समय के साथ साथ इसके रूप बदल गए मैंने भी एक फाग लिखने की बनाने की कोशिश की आप लोग भी साथ देंगे तो मुझे बल मिलेगा मजा आएगा उलो खेलो, खेलो रंगारंग फाग उ खेलो, खेलो रंगारंग फाग सजन आज होरी आजी खेलो खेलो रंगारंग फाग सजन आज होरी मची गाओ गाओ प्यार का राग गाओ गाओ प्यार का राग सजन आज होरी मची खेलो खेलो रंगारंग फाग सजन आज होरी मची और जिनके घर में मुद्दे की बात जिनके घर में है कोई साली जिनके घर में जिनके घर में है कोई साली उन जी जा के खुल गए भाग उन जी जा के खुल गए भाग सजन आज होरी मची खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची और एक और टेक्निकल बात भाभी को चुप चाप ही रंग ना भाभी को चुप चाप ही रंग ना भाभी को चुप चाप ही रंग ना वो कही जाए ना भैया जाग वो कही जाए ना भैया जाग सजन आज होरी मची खेलो खेलो रंगारंग पाग सजन आज हो मची ओ सजनी के अंग अंग को रंग ना सजनी के अंग अंग को रंग ना सजनी के अंग अंग को रंग ना ओ चाहे लग जाए फागुन में आग ओ चाहे लग जाये फागुन में, फाग में आग सजन आज होरी मच और ये दो बंद खास तौर से जिसके लिए मैंने पूरा गीत लिखा आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा और जैसा आप काले रंग का जिक्र कर रहे थे भ्रष्टों के मुंह भ्रष्टों के मुंह काले रंग ना भ्रष्टों के, के मुंह काले रंग ना बगुले को बना दो काग बगुले को बना दो काग सजन आज होरी मची खेलो खेलो रंगारंग फाग और अंतिम जो मैं इसमें संदेश देना चाहता हूं पर हुरदंग में ध्यान ये रखना पर हुरदंग में ध्यान ये रखना पर हुरदंग में ध्यान ये रखना ओ कहीं दिल पे ना लग जाए दाग वो कहीं दिल पे ना वो लग जाए दाग सजन आज हो मची खेलो खेलो रंगा रंग पाग सजन आज हो मची सजन आज हो रही मची थैंक यू क्या बात है सजन आज होली मची होली के रंग पूरी तरीके से आप अपने शबाब पर आ चुके हैं और धूमकेतु जी मेरे साथ हैं धूमकेतु जी जब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 ताक लेते हैं आ, आ, तेरे फोटो को ताक लेते हैं तेरी आंखों में झाक लेते हैं <laughs> तेरे फोटो को ताक लेते हैं तेरी आंखों में झाक लेते हैं तेरे अधरों को चूम लेते हैं तेरी जन्नत में झूम लेते हैं <laughs> तेरे अधरों को चूम लेते हैं तेरी जन्नत में झूम लेते हैं <laughs> <laughs>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 भाग्य को जैसे जागे छे बच्चों वाली छमिया को, तो बच्चो को साहब लेकर भागे इस होली इस होली कल्लू नौकर के भाग्य को जैसे जागे छे बच्चों वाली छमिया को साहब लेकर भागे और बाई साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया भाई साहब की साहब की बाई साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया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 हाथ में पिचकारी होगी वो लड़कियां कुछ कह रही होंगी नहीं, नहीं नहीं उसका एक छोटा सा तो गोरी हम डारेंगे दे रंग गोरी हम डारेंगे रंग हम डारेंगे रंग गोरी हम डारेंगे रंग ये लड़के कह रहे अभी चार लड़कियां क्या कह रही हैं हम डारेंगे रंग गोरी हम डारेंगे रंग हम डारेंगे रंग गोरी हम डारेंगे रंग, हम डारेंगे रंग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 ना। छोटा बाबा बता रहा बड़ा, बड़ा बाबा चोर हाँ छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर वो फिल्म बड़ी मशहूर थी फिल्म बड़ी मशहूर थी चोर मचाए चोर बादा बादा बादा। आज कल आपने देखे एक, एक तो बाबा पहले से हमारे यहाँ है ही 2014 से और एक और आजकल बाबा बन गया इसलिए मैंने कहा कि छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर फिल्म बड़ी मशहूर थी चोर मचाए शोर और भारत में है नेत्रिया भारत में हैं नेत्रिया की में गिनती की कुल तीन अब शंकर दीक्षित ने पूछा था मुझसे कि गिनती की कुल तीन कौन मैंने कहा नेत्रिया अभी नेत्रिया की बात नहीं हो रही ना कवित्री की बात हो रही अभी तो नेत्रियों की बात हो रही है भारत में है नेत्रिया गिनती की कुल तीन उनमें दो संगीन है उनमें तो दो संगीन, संगीन मगर एक रंगीन संगीन एक रंगीन हाँ। तो ये ये तो बताओ क्यों बताऊ क्योंकि वो सीमा प्राणते हैं लगते हैं भाई हमारे हम क्यों कहें कि महबूबा है या ममता के क्यों कहें कहे बताइए बताइए बताई और फिर एक रंगीन सबको मालूम कि उससे अच्छे कोई है राजनीति बार बार क्यों खेलवा रहे भाई सवाल ये फिर फिर से से तन तन रहे रहे शेर बने हैं दीन फिर से तन रहे, से तन रहे शेर बने हैं दीन, दीन बाँ, बाँ, बाँ, जयचंद जाफर मानसिंह गिनती के थे तीन वो 370 क्या हटी इस हकीकत को भी केवल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 भगुआ लाल भगुआ लेके ना विद्यार्थी परिषद भी तो होती है कहां जोड़ा कहां से एक एक बोतल में एक फ्री। अब इसको कैसे छोड़ दें अपन गालिब साहब का राज चल रहा है इस समय एक बोतल में एक, एक फ्री, फ्री। गालिब साहब का राज और फोकट ये सब खुश हुए दिल्ली में सरताज लोग बाग जब केजरीवाल पे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 धूमकेतु जी ने ये बात बिल्कुल ठीक है कि रंग फीके कर दिए हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे कहीं जाइएगा मत क्योंकि रंग अभी बाकी है हाय। अच्छा मस्ती और मुझसे <laughs> कौन कहता है पनीर सीधा सादा होता है ये ना तो सीधा है ना सादा चटपटा है नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स स्पाइस इन्फ्यूज पनीर खाओ कभी भी कहीं भी मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई होली खेले रघुवीरा वध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा में होली खेले रघुवीरा होली होली के के रंग जम चुके हैं स्वागत है है आपका ब्रेक बाद महिला दिवस भी आठ तारिक को है। इधर राधा संग गोपियों संग होली और इधर महिला दिवस तो ये मेल जो है वो बड़ा ही अद्भुत इस बार आया है कुछ गृह नक्षत्र आपस में मेल खा जाएंगे दादा निश्चित रूप से आ... भाई बिना महिला के होली को ही नहीं सकती होली का कोई औचित्य नहीं है हमारे साथ आज कवित्री नहीं थी आप बैठ गई तो जो है चार चांद लग गए एक दो तीन पीस हम पाँच है और... तो इस बार इस बार दादा अब महिलाओं पे रंग महिलाओं पे थोड़ा रंग जम जाए तो मैं नंद जी से आग्रह करूंगी कि महिलाओं पे कुछ सुना दे एक महिला छत पर मूंगफली खा रही थी पति ने कहा क्या कर रही है तो उसने एक मूंगफली दे दी तो पति बोला क्या बस कह सब सब में स्वाद वा, वा, वा, वा, वा, एक ही है है वाह वाह वाह सब में एक स्वाद है, तो एक तो खा के पति ने कहा पत्नी से कि भगवान मैं शादी से पहले बहुत आवारा था क्या तुम भी थी तो पत्नी बोली जब मिलान नहीं मिलता तो शादी कैसे होती वा, वा, वा, वा, क्या बात है एक गीत रखता हूँ थे, चाट के ठेले से उठा के लाया हूँ इस गीत को अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद दीजिएगा एक शब्द थोड़ा इसमें आंख मारने का आया है तो उसको नजरें करके मैं पढ़ देता हूँ सुनिएगा कि हमसे जा हमसे जाए नहीं बुझाई बार। बार। ओ बालम हर जाई तूने कैसी अगन लगाई नजरे मार मार मार नजरे मार मार मार सुनिएगा पहली बार मिले थे हम तुम एक चाट के ठेले पर बहुत भीड़ थी फिर भी तुमने डाली नजर अकेले वा। पर वा। बहुत भीड़ थी फिर भी तुमने डाली नजर अकेले पर तो मैं ऐसी घबराई जल्दी दही कचोड़ी खाई चटनी डार डाल नजरें मार मार मार जान पहचान हुई थी अपनी चलते चलते रस्ते में भाई। तुमने बाइक से कट मारा करके हमें नमस्ते में तो दौड़ी दौड़ी घर को आई पीछे देखत राम धुआई मुड़ के बार बार बार नजरें मार मार भाई। मार धीरे धीरे बात फैल गई सारे गली मोहल्ले में धीरे धीरे बात फैल गई सारे गली मोहल्ले में ऐसी हवा प्यार की चल गई अपनी बल्ले बल्ले में किताना देने लगी भौजाई किताना देने लगी भौजाई भेजी तुमने जन्म बधाई करके तार तार, तार नजरें मार, मार मार होने वाले आय सी एक दिन घर पर मिलने होने वाले आए सुर जी एक दिन घर पर मिलने अगले माह पड़ेंगे फेरे मन में फूल लगे हैं खिलने ना। ना। तो कर गए रीत रस्म की अदाई और फिर बजने लगी सुनाई चार चार चार, चार, चार, मार, मार, मार, मार। दो छो में इसकी पलट है कि बच्चों के बाप फिर भी बाखियां लग गई घरों से छह बच्चों के बाप हैं फिर भी अखियां लग गई घरों से एक दो चार नहीं है मेरी सोतन हो गई ढेरों से एक दो चार नहीं है मेरी सोतन हो गई ढेरों से घर में होने लगी है लड़ाई रोजे करने लगे हैं पिटाई डंडे मार मार आगा। मार, मार नजरे मार मार मार अंतिम क्षण सुनाता हूँ हाँ। एक दिन जा कर लपट लिखाई हमले महिला थाने में एक दिन जाकर कर रपट लिखाई हमने महिला थाने में सारे भूत इश्क के उतरे उनके हंटर खाने में तो मैंने कैसी जुगत लगाई पकड़ रहे थे आज कलाई करके प्यार प्यार प्यार, प्यार नज़ने मार मार बहुत बहुत चुकी करके प्यार प्यार प्यार और नजरें मार मार मार महिला थाने पहुंचा दिया आज तो महिला दिवस का सशक्तिकरण बता दिया नंद जी ने हमारे साथ हीरा का पन्ना जो है पन्ना का हीरा जो है चमक रहा है तेज और मैं दीक्षित जी से आग्रह करूंगी कि महिला दिवस पे थोड़ा कुछ हो जाए जैसा कि आदेश हुआ है इसी में समाहित है सब देखिए एक हिंदी गीत का है बात करने का भी कोई कारण लगे बात करने का भी कोई कारण लगे हम बुढ़ापे में मिस मारन मारन लगे हम पे में मारन लगे हम पे बात बात की ना बतन न बने बात की बात का ना बतन न बने बात ही बात में बात टारन लगे हम मित्र काल मारन लगे बात करने का भी कोई कारण लगे हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे वो खाद पानी समय पर दिया पेड़ को खाद पानी समय पर दिया पेड़ को इसलिए ही तो फल डार डारन लगे हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे हमने सीखा सदा हार कर जीतना ने सीखा सदा हार कर जीतना आखिरी दांव हम कैसे हारन लगे बुढ़ापे में और ये जो शेर है क्या है बुंदेलखंड में हर जगह हिंदुस्तान भर में जब नई बहू ब्याह की आती है तो ननद हो बहुत परेशान करती हैं उस बात को मैंने इसमें रेखांकित करने की प्रयास किया है कि सुनने को नौ बधू की मधुर बत कही सुनने को नौ बधू की मधुर बत कही या, या, अरे मधुर बत कही ननद भौजियों के कान ननद भौजियों के कान ननद भौजियों के कान घर के वारन लगे हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे बुढ़ापे में मारन लगे और कवि की एक अदद झोंके हो जिंदगी एक अदद झोंके जिंदगी आत्मा मन की सच्ची पुजारिन लगे हम बुढ़ापे में मिसकाल बात करने का भी कोई कारण लगे हम बुढ़ापे में कॉल मारन लगे हम बुढ़ापे में मिस्ड कॉल मारन लगे हम बुढ़ापे में कॉल मारन लगे इसीलिए तो हीरा है ये पन्ना के बुढ़ापे में मिस्ड कॉल मारन लगे उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं जैसा हीरा खोदने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं ये वही हीरा है जो पूरी जिंदगी लगा दी खोदने में जिनको यश जी के पास जाएंगे महिला दिवस है तो कुछ तड़कता भड़कता सामने आ जाए चार पंक्तियां और एक कविता पंक्तियाँ महिलाओं को समर्पित कर रहा हूँ देश की युवाओं महिलाओं से बोलना चाहता हूँ युवा महिला युवा शक्ति से बात करना चाहता हूँ युवा हाँ हाँ ढ जाना वापिस की तिल रुखसार नयन कटार तिल रुखसार नयन कटार सुडोल कटी कुछ शर्म करो तिल रुक्सार, नयन कटार सुडोल कटी को शर्म करो जटिल विषय हैं अभी और भी उन पर भी कुछ ध्यान दो। उलझी जुल्फों को तुम कब तक सुलझाओगे कभी बरो उलझी जुल्फों को कब तक सुलझाओगे कभी कवि धर्म संस्कृति राष्ट्र हित पर कुछ तो लिखो ये मान्य धर्म संस्कृति राष्ट्र हित पर कुछ तो लिखो ये मानव और एक कविता हास व्य की कविता होली पे चलती है और व्यंग भी आएगा और एक्चुअली क्या मैं जो जिस जगह जाना चाह रहा हूँ इस कविता के माध्यम से जाऊंगा कि पीएम हर आदमी को बनना है कुर्सी सबको चाहिए कुर्सी सबको चाहिए तो एक कविता रख रहा हूँ कि वीर गति पाने के बाद रावण के कुछ खासम खास रावण के कुछ खासम वीर गति पाने के बाद रावण के कुछ खासम खास कहलाते थे टेसू राजा टेसू राजा खुद ही ढपली खुद ही बाजा के लाते थे टेसू राजा अब होली पे टेसूस टेसू राजा खुद ही ढपली खुद ही बाजा और दिल्ली में एक मिलाड़ा खाने को मांगे पीएम बड़ा पीएम बड़ा दिल्ली में अब दही बड़ा दिल्ली में एक मिला खाने को मांगे पीएम बड़ा पीएम बड़े में मिर्ची भोत आगे खड़ी कमलनी फोस पीएम बड़े में मिर्ची भोत आगे खड़ी कमलनी नी फोस जिसने मिलकर करी चढ़ाई बीच में निकली दमदमी माई किसी ने मिलके Chachi, करी चढ़ाई बीच में निकली दम दमी माई माई ने लल्लू लाल वाह wow. माई ने फैलाया पहले पहले निपटे निपटे ने फैलाया जाल लल्लू लाल पहले निपटे लल्लू लाल लल्लू -लाल, लाल की एक ही मांग अब होली पे वो भी मांग कर रहा है लल्लू लाल की एक ही मांग सारे मर्द पीले भांग लल्लू लाल की एक ही मांग सारे मर्द पीले भांग और भांग ने चमत्कार दिखलाया दद्दा से पप्पू टकराया आ आ आ आ आ। भांग ने चमत्कार दिखलाया दद्दा से पप्पू टकराया पहले दोनों में नहीं बनी बाद में हो गई तना तनी तना तनी से मिला तनाव एक बंदरिया खारिताओ वाँ, वाँ। तना तनी से मिला तनाव एक एक बंदरिया खारी ताओ, मोसी बोल सकते। एक बंदरिया खारी खारी ताओ ताओ बोल सकते और बार बार अटकाए रोड़ा उसको मिल गया ढीला घोड़ा बार बार अटकाए रोड़ा उसको मिल गया ढीला घोड़ा जिसकी मालिश कमिस्ट करते खुद ही मरते खुद ही खपते और चलते चलते वो सो जाता सोते में जमकर चिल्लाता कैसा पुण्य कैसा पाप हम तो हैं घोटाले टाप कैसा पुण्य कैसा पाप हम तो हैं घोटाले टाप जागो जागो वीर जवान खतरे में है हिंदुस्तान जब तक है शरीर में सास अटल हमारा हो विश्वास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई आओ राम राज्य फिर लाएं जगत गुरु फिर देश बनाएं जगत गुरु फिर देश बनाएं जय हिंद जय भारत हिंदी मतलब सबको घेर के यही मार दिया क्या बात है फिर मुंबई चलेंगे और फिर कबीर जी से सुनेंगे कैसा जमरा है रंग मुंबई में सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की आपको बताई देता हूँ खासतौर से आपको और ये ये मेरे जीवन की सबसे पहला मुक्तक है महिला बहुत सहनशील होती है खासकर भारत की नारी बहुत सहनशील होती है पर कुछ बातें वो सहन नहीं कर पाती वो क्या बात है क्या राज है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि आते ही आ, आते ही सेल्समैन ने दरवाजा खोला आ, आते ही थे थे आ, आते ही सेल्समैन ने दरवाजा खोला और हजार रुपए का चावल सौ रुपए में तोला हजार रूपए का चावल सौ रुपए में तोला इतने पर भी मैडम ने वापस कर दिया झोला इतने पर भी मैडम ने वापस कर दिया झोला कहने लगी पहले तू ये बता तूने मुझे आंटी क्यों बोला ये बहुत बढ़िया हजार रूपए का चावल सौ रुपए में तोला और झोला इसलिए वापस कर दिया क्योंकि आंटी था बोला वाह क्या बात है अब धूमकेतु जी है और महिलाएं बच जाएं संभव नहीं है उम्र पे मत जाइएगा मैं तो विकास की बात करता हूं और नीरज जी को एक बार मंच का संचालन करते हुए इन पंक्तियों से मैंने बुला लिया और नीरज जी ने कहा ये क्या करता है यार और मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए महाकवि से हमने पूछा गुरु आपने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 कि ये जो चहके तो गुलफिशानी है फूल खिलने को कहते हैं गुलफिशानी ये जो चहके तो गुलफिशानी है ये जो महके तो रात रानी है ये जो चहके तो गुलफिशानी है ये जो महके तो, रात रानी, जो तो Morocco रात रानी है ये जो बहके तो हसीन गुना और मुस्कुराए तो बस जवानी है मुस्कुराएं तो बस जवानी है लेकिन आठ तारीख है आज और आज अगर हमने महिला की बात नहीं की तो ये मंच एक तरह से अधूरा रह जाएगा मैं अपने जीवन की एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जिस पर तो मेरी किताब भी है अभी तक मेरी छः किताबें आई हैं तो आइए यहाँ से बात शुरू करता हूँ पुरानी जरूर है और पच्चीस साल के बाद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 ताराबाई सेडो की डुप्लीकेट कापी जी ने कंधा मारा और मैडम रात रानी के मखमली आगोश में हमने होश संभाला वो हमें धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे ऐसे चालीस साल पुरानी रचना वो हमें धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे ऐसे चालीस साल के बेवाहिक जीवन में दो बार तलाक दे देने के बाद भी कांग्रेस कुर्सी से चिपकना चाहती है जैसे हमें उनकी गोद में मीठे मीठे सपना व्यंगा का मजा लेना हमें उनकी गोद में मीठे मीठे सपना आ रहे थे और एक स्वप्न तो आज तक याद है जिसमें जनता सरकस का शेर और इमरजेंसी माई एक पलेट में हिंदुस्तान को रखकर हलवे की तरह खा रहे थे एक चरण सिंह और इंदिरा गांधी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 होने लगी थी दोनों ओर से मैदान जीतने की ओर मैंने सारी हेकड़ी को छोड़ आधुनिक कृष्ण बाल ब्रह्मचारी श्री अटल बिहारी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा प्रभु वाजपेयी जी द्वापुर में आपने कृष्ण बनकर द्रौपदी की लाज बचाई कलयुग में अपने द्रवता को बचाओ कलयुग में अपने द्रोपता को बचाओ लड़कियां बोली अब ज्यादा आंख मत मटकाओ मैंने कहा प्रभु वाजपेयी जी मेरी रक्षा करो लड़कियां बोली अभी वो सैम अपनी रक्षा करने में व्यस्त हैं उन पे भरोसा मत करो फिर एक लड़की बोली बोल क्या सुनाएगा मैंने कहा आप मेरे स्वाभिमान से खेल रही हैं ये बंबई का चकल्ल छोड़ी है ये बंबई की चकल्लत छोड़ी है जहां पहले कविता सुनाए जूरी से जचवाए उन्होंने कहा ऐसे तो ही चलेगा और वही जमेगा जो श्रृंगार पड़ेगा मैंने कहा नवगीत सुने कि पूनम की रात संध्या के साथ उस करते चितवन करतेनो के बान प्यासे अधर भोए कमान उबरे उर्ख कपोल नागिन से मिश्री से बोल सावन के झूले संध्या के कूले जिन्हें आज नहीं भूले जिन्हें आज नहीं भूले सरगम और चेहरा शबाब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 किसी की बहन अनाथिकाल से तुम पुरुषों के अन्यायों को करते रहे सहन गंदली राजनीति से प्रगतिशील साहित्य तक चकला घरों से सौंदर्य नुमाइश तक तुम हम तेजस्विताओं के धवल चेहरे पर पोचते रहे कालिक करते रहे बदनाम स्वार्थ की मेली चादर पर सुख सुविधाओं की कालीन बिछा रक्त पिपास तुम्हें सोचता रहा काम हमारी कोप से जन्म लेने के बाद हे शांत फरामोश हमें समझते जिंदा लाश चांदी के चंद टुकड़ो पर खरीद रहे हो गरीबों के पेटों की आग बेसहारा मजबूर अविकसित झुग्गी झोपड़ियों की बेटियों पर कर रहे हो घात कवि सम्मेलन में इसी प्रकार का घोर दिगंबरी श्रृंगार पड़ेगा तो साहित्य के को समाज की सेवा क्या इसी प्रकार से करेगा क्या क्या तुम क्या तुम सीता मरियम का त्याग पन्ना हाड़ी का स्वाग पदमनी का जोहर मीरा का सर्ग चांद बीवी रोशन आरा दुर्गावती की बहादुरी महादेवी का काब अहिल्या का न्याय सुभद्रा कुमारी चौहान की शत्रुओं का हुंकार लेकिन अफसोस तुम्हें सोचता है सुरक्षुराई नायिका की कमर और भूंडा श्रदार अतीश से अतीस से करते हो घृणा ऐतिहासिक सुनाने में शर्माते हो श्रंगार दलदली जमीन पर कवि सम्मेलन के फुसफुसे महल को उठाते हो आखिर ये नाटक नोटंकी कब तक चलेगा और जिस राष्ट्र का वर्तमान सुरासुराई की बेसाखियों पर खड़ा हो उस राष्ट्र का भविष्य क्या खाक बनेगा अरे मेरे देश को बचाओ मेरे साहित्य को बचाओ मेरी ललनाओं के स्वाभिमान को बचाओ मेरी महिलाओ के को बचाओ. के दादा दादा महिलाओं के को बचाओ। दादा धूम अंत में जाते जाते मेरी भी लिखी हुई आधी आबादी मुझे याद आई है जो मैं सुनाना चाहूंगी आधी आबादी हूँ मैं दादा दरा मोबाइल में देख कर सुनाऊंगी क्योंकि आपके जैसा जैसी पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको आपको यहाँ प्रस्तुत में करूंगा आप अभी तक हम लोगों को नचा रही थी अब हम चाहते हैं कि हमारी इस बात पर आप थोड़ा सा देखिए बेटियां इस देश की वीरांगना सीता राजिया दुर्गा की वे प्रतिमाएं, देश के खातिर समर्पित हाड़ी की सारी जवानी मौत बनकर डोलती थी झांसी वाली वो मर्दानी मीरा ने बढ़कर पिया था जहर का प्याला तब त्याग तपस्या ने बलिदानों को पाला बेटियां चिंगारी और बेटे बने अंगार ज्ञान का भंडार मेरा देश जिस पर रूढ़ियों की मार झुक रहा भाल मां भी हो रही व्याल तो मैं चाहूंगा कि मातृशक्ति की ओर से जबरदस्त ज्वाला उठ खड़ी होना चाहिए आज तो मैं बहुत खुश हूं कि पूरा देश जो है उठ खड़ा हुआ है हमारी खास करके महिलाएं जो हैं वो आ, सेना में भी हैं हवाई जहाज भी चला रही हैं और सबसे बढ़िया बात है कि कभी इन पांच को भी चला रही शेफा लीजिए बिल्कुल आपकी दात चाहूंगी थोड़ी सी आधी आबादी हूं मैं हस्ती हूं जब खिलखिलाकर तब क्यों तुमको चुप जाती हूँ हंसती हूं जब खिलखिलाकर तब तुमको क्यों चुप जाती हूं जब टूटकर बिखर जाती हूं तब कौन से सुकून में तुम डूब जाते हो वाह वाह वाह जब नाम से मैं पहचानी जाती हूं तब क्यों तुम सहम जाते हो जब नाम से मैं पहचानी जाती हूं तब तुम क्यों सहम जाते हो क्यों तुम्हें अच्छा लगता है मेरा तुम्हारे पीछे पीछे चलना। तुम्हें क्यों अच्छा लगता है मेरा तुम्हारे तुम्हारे पीछे पीछे चलना जब तुम्हारे आगे चलती हूं तब तुम क्यों डर जाते हो अरे वाह! देश की पहली प्रधानमंत्री हूं मैं देश ऊंचाइयों पर ले जाती हूं। मुख्यमंत्री बनकर राज्य भी चलाती हूं। मंत्री बन विदेश नीति भी बनाती हूँ आई जब बन जाती हूँ अपराधी सलाखों के पीछे ले जाती हूँ आई पी एस जब बन जाती हूँ अपराधी सलाखों के पीछे ले जाती हूँ इंसाफ करती हूँ जज बनकर इंसाफ करती हूँ जज बनकर वकील बनकर इंसाफ के लिए लड़ जाती हूँ वकील बनकर इंसाफ के लिए लड़ जाती हूँ मैं शिक्षक हूँ पत्रकार भी मैं ही हूँ सत्य सनातन व्यवहार भी मैं ही हूं ग्या ग्या। कोकिला बनकर भारत रत्न हासिल किया है मैंने आवाज से जानी जाती हूं नारी हूं आसमान में जहाज भी उड़ाती हूँ गांव में चूल्हा बनकर गांव में चूल्हा बनकर जल जाती हूँ शहर के ओवन में पिज्जा भी बनाती हूँ और गांव में गोल कंडे भी थोप लाती हूँ माना की गाँव में थोड़ी पिछड़ गई हूँ मैं मगर सरपंच का चुनाव लड़ जाती हूं राजपद पर था। सेना, था। की था। था। था। सेना की कमान संभाल लेती हूं राजपद पर सेना की कमान संभाल लेती हूं तिरंगे को सलामी देना भी जानती हूं डीरवाला की सती भी मैं ही हूं जहर का प्याला मीरा भी मैं ही हूं आए आज आए अगर मान को तो जौहर भी कर जाती हूं बीहड़ की फूलन हूं मैं और मानसिंह की मृगनैनी भी बन जाती कभी झलकारी कभी अवंती कमलापति भी तो मैं ही हूं ना ना कभी झलकारी कभी अवंती कमलापति भी मैं ही हूं मर्यादा का घूंघट ओढ़ लेती मर्यादा का घूंघट ओढ़ लेती शॉर्ट स्कर्ट में नारी का सम्मान भी बह लेती सर झुकाकर सम्मान में देती ठेस पहुंचे तो झांसी की रानी बन जाती सर झुकाकर सम्मान में देती ठेस पहुंचे तो झांसी की रानी बन जाती हूँ कोमल हूं छूने से मुरझा जाती हूँ तोड़ने की कोशिश करे तो माँ काली में बन जाती मैं निराला की तोड़ती पत्थर में ही कविता की महादेवी हूँ मैं निराला की तोड़ती पत्थर मैं ही कविता की महादेवी हूँ दहेज की अग्नि में जल जाती हूँ नैनों में पलती भी तो मैं ही हूं दहेज की अग्नि में जल जाती हूं मैं नैनों में पलती भी मैं ही हूँ रो दू तो मातम छा जाए रोदू तो मातम छा जाए हंसने का त्योहार भी मैं हूँ रो दू तो मातम छा जाए हंसने का त्योहार भी मैं हूँ कभी डॉक्टर कभी लेखक कविता का छंद भी मैं ही हूँ कभी डॉक्टर कभी लेखक कविता का छंद भी मैं हूँ प्रेमी की सोना बाबू की शोना की प्रेमी की सोना बाबू से पापा की परी भी मैं ही हूँ प्रेमी की सोना बाबू से पापा की परी भी मैं ही हूँ किसी की पत्नी किसी की बहू अपने बच्चों की माँ भी तो मैं ही हूँ किसी की पत्नी किसी की बहू अपने बच्चों की माँ भी मैं हूँ भाई की बहन हूँ माँ पापा के आंगन की कली हूँ फूलों का मकरंद भी मैं हूँ जीवन का अनुबंध भी मैं हूँ कहने को आधी दुनिया हूँ मैं कहने को आधी दुनिया हूँ मैं पर मेरे हक पर इतने सवाल क्यों पर मेरे हक पर इतने सवाल क्यों अपने हक की खातिर आधी आबादी से लड़ जाती हूं मैं आधी आबादी हूं मैं बाँगा। शुक्रिया बाँगा। बाँगा। बाँगा। आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी महफिल पे। तब तक के लिए धन्यवाद